दोस्तों हम लोग फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं तो आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन में बोर्ड दिखा दिखाते देख। हमारी ट्रेन है ये मेमो ट्रेन है जो कि हमें गोरखपुर तो तक तो के लेकर जाएगी उसके बाद हम उज्जैन के लिए ट्रेन पकड़ेंगे तो देखते हैं हम हमारी ये पूरी जर्नी में हम पूरी जनरी को आप बताएंगे की कैसे कैसे से स्टेशन मिले हैं और किस किस रूट से हमारी ट्रेन जा रही है वीडियो में बने रही है ब्रिजमनगंज के -कौ स्टेशन पे और यहाँ तो जय श्री हाँ तो भाई जी हमारी जनरल की टिकट है तो यहाँ से हम लोग जनरल टिकट में जाएंगे ये हमारी मेमो ट्रेन है मेमो ट्रेन आप है तो आप देखें ड्राइवर तुम लोग मिलते हैं आपको इस वीडियो में बाय बाय ठीक बाय बेटा फाइनली दोस्तों हम लोग गोरखपुर रेलवे स्टेशन आ गए हैं आप देख सकते हैं ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन है अब यहाँ से हम लोग की ट्रेन है अहमदाबाद एक्सप्रेस जहाँ गोरखपुर से चल के अहमदाबाद की ओर जाएगी तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा कुछ खा पी लें फिर उसके बाद आप बताएँगे आपको ट जाएगा तो भाई तुम तो लोग विदाउट टिकट हैं अभी कोई कंफर्म नहीं है हमारा बट देखते हैं क्या होता है हम लोग रेलवे स्टेशन हैं? पहले बोला का दे पर देखा हमारी टीम है हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए जैसे चिकन बिरयानी वगैरह कुछ खा रहे ट्रेन की स्थिति देखिए आप तो हम लोग इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि आप देख सकते हैं ट्रेन में किस तरीके से चढ़ा जा रहा है